आप सभी को नए साल की okay. मुबारक हो और आप लोग सही सलामत अगर 2022 में पहुंच गए हो तो मैं अपनी बात करना चाहूँगा 2022 में आप पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 2021 बहुत ही मज़ेदार तरीके से बीता था लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी तो आप लोग भी मज़े से 2022 को एंजॉय लेने की कोशिश करिए क्योंकि दो तो भाई एक पास्ट था जो बुरी ख्यालों के साथ और बुरे सपने के साथ बीत गया तो अगर आपने अपना पूरा सामान दो में ला लिया है बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है कहीं आपने अपना टूथब्रश चप्पल कपड़े पढ़ाई की सामान बहुत सारी चीज़ें अगर 2021 में भूल गई हैं तो उसको वापस लाने की कोशिश करिएगा आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं वापस घर तक पहुंचा दिया जाएगा बहुत सारी कोशिश की जाएगी तो आप लोग अगर 2022 में आ गए तो बहुत सारे टारगेट भी बनाए होंगे कि आज 2022 में ये करेंगे वो करेंगे और ये सारी चीज़ें भी करेंगे तो आप अपने हिसाब से अपने अपनी अपनी बातचारा को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप या 2022 में क्या क्या करना चाहते हैं और मैं तो बता ही नहीं सकता कि आप लोगों को मैं क्या करने वाला हूँ क्योंकि अगर बता दूंगा तो भाई कहानी बदल जाएगी तो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि 2022 में आप एक बात समझ लीजिए कि अगर कोरोना आया तो कोरोना को बस एक ही लाइन में कहेंगे भट दोबारा का आया है भाई पढ़ाई लिखाई ऐसे ही दो साल पीछे चल रही तुम गया हो रोग टाँग रहे हो तो कई प्रकार की समस्या भी आ सकती है और कई प्रकार की खुशहाली भी आ सकती है तो दो का इस प्रकार से इंजॉय करिएगा जैसे कभी आया ही नहीं और पहली बार भी आ रहा है मेरा कैलेंडर 2020 का है और 21 का भी है सत्तर रुपये का लिया था अगर किसी को चाहिएगा तो बताना मैं उसको डिस्काउंट के साथ पंद्रह पंद्रह रुपए में दोनों दे दूंगा और 2022 का कैलेंडर चाहिए तो दुकान से जा कर लीजिएगा समझे हमारे घर दुकान नहीं खुला है कि हम आपको बेचते फिरेंगे सेकेंड हैंड है हम सोचे आपको अपना समझ के थोड़ा डिस्काउंट में दे, दे देंगे बाकी जब तो हम आया मित्र और नया साल बदला है भाई ये तो बात आप सब जानते हैं लेकिन ये एक बात ये भी याद रख लीजिए कि नया साल बदला है मैं और मेरी हरकतें वही रहेंगी इस प्रकार से मैं आपको तंग करता रहूंगा तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा कि ना आसमान गिनने दूंगा ना सितारे गिनने दूंगा और और ना आसमान गिनने दूंगा ना सितारे गिनने दूंगा ना औरों को किसी औरों के सामने चुनने दूंगा ये नया साल मेरे मित्रों आपको बधाई हो लेकिन मैं हर बार आपको कुछ न कुछ कह के कही कहीं ना कहीं सब कर लेता रहूंगा तो इस बात से बहुत सारी महमाएं फैलती रहेंगी कि 2022 जब आया तो हमको ये लगा कि हम 2022 में पहुंच गए हैं लेकिन एक बात ये भी खुशी है कि हम 2021 में सोए थे और पहुंच गए दो हजार में मतलब एक साल हम पूरा सोए हैं अपने हिसाब से सोच लीजिए एक साल कैसे सोया जाता है और हमने ये भी सोचा कि दो में बहुत सारी चीजें करेंगे जैसे कि हम करेंगे सबसे ज्यादा हमारे को नहीं पता चलना चाहिए नहीं तो इतना मार मार के कूटेंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम 2022 में हैं कि 2021 में क्योंकि बचपन में इतना कूट -कूट के हमको स्कूल कॉलेज भेजा ना भैया क्या बताएं अगर नहीं जाने के लिए कहते तबियत खराब है चट से मारते थे दवा से ज्यादा असर करती थी और बंदा कॉलेज कहते हुए निकल जाते थे ऐसे बहुत सारी मजेदार जिंदगी थी बचपन की और अब तो कॉलेज में आ गए थोड़ा सा बढ़ गए हैं बुद्धि तेज हो गई है कि हम गलती नहीं करते सीधा मजाक करते हैं और कई मोहमा फैलती रहेगी जिंदगी में एक ही लाइन में और कहना चाहूंगा कि ये दुनिया बदल गई है मेरे दोस्त ये दुनिया बदल गई है मेरे दोस्त आप अपनी अंदर की बुराइयों को भी बदलो अच्छाइयों को आने दो बुराइयों को जाने दो लोग तो आते रहेंगे आप अपने आप को अपने खुद के हाथों से समझाने दो लिखो खत इतना प्यारा है कि लोग पढ़ते पढ़ते झूम जाएं लिखो खत इतना प्यारा कि लोग पढ़ते पढ़ते झूम जाएं आके तुम्हारे हाथों को तो हाथों को तुम्हारे गालों को भी चूम जाए देखिए इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं कह रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगेगा तो का लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा बाकी सब तो मैं माया है भाई ये बार बार मैं महाया क्यों कह रहा हूँ क्योंकि लोग इसी में तो फंस के उलझ जाते हैं जिंदगी को जीना भूल जाते कई महान लोगों ने यह भी कहा है कि जिंदगी को गुजारना नहीं जीना सीखो और एक लाइन उसमें यह भी ऐड कर लीजिए कि जिंदगी एक काटनी भी होती है जब आप किसी से पूछेंगे तो कोई कहता बस कट रही है अरे भैया कट नहीं रही है आप परेशान हैं आप उसको दिक्कत में हैं आप उसको बदलिए और जिंदगी को जीना ये सब तो वो माया भाई सारी चीजें ऑन तो द स्पॉट होनी चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा और मनोरंजन लीजिए जो होता है अच्छे के लिए तो अच्छी बात है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना जो अच्छे के लिए नहीं किसी के लिए भी नहीं होता भाई तो इसीलिए 2022 में जब आ गए तो 2023 का प्लान बनाइए कि 24 में ये करेंगे 25 में ये करेंगे और 30 तक तो हम बनेंगे देखो और जो ये राजनीति वाली बात है राजनीति में बिल्कुल भी हिलने की कोशिश ना करें क्योंकि राजनीति इतनी अच्छी और मजेदार चीज होती है ना जब आदमी उसमें चला जाता है तो अपने आप को नेता समझता है। और जब नेता समझता है तो उसको ये नहीं समझ में आता कि साल बदल रहे हैं कि लोगो खुद को बदलता है किसके लिए पहले ये आए ये जैसे जैसे आता है वैसे वैसे उसका भाई लेवल बढ़ता जाता है तो इस प्रकार की कई समस्याएं होती हैं हमारे साथ कि पहले हमारे सामने घूमने वाला बंदा आज हमारे ऊपर बैठा है और हमको इज्जत नहीं देता कहे नहीं देता क्योंकि हम उसका भाव बढ़ा दिए और भाव तो कई सालों से कई लोग खाते आते हैं और भाव तो सबसे ज्यादा कौन खाता है आप जानती है और एक बात ये भी जानते हो कि सबसे ज्यादा भाव कौन खाता है और उसको पता भी नहीं चलता उसमें आप टैगलाइन करके लिख सकते नीचे लड़कियां बहुत सही बात मैंने बता दी तो लास्ट में अपनी बात को विराम देते हुए मैं एक और पेश करना चाहूंगा कि साल तो साल बदल गए कि साल तो साल बदल गए फिर भी ना मिली माल साल तो साल बदल गए फिर भी न मिली माल मैं पैसे की बात कर रहा हूं समझे भिखारी कंगाल चलिए धन्यवाद बहुत बहुत al mar